जी ओम प्रकाश जी ओम प्रकाश स्कानिया चलीसा सुने जा जा हो हमर बहुआ कटीसा सुने जा जा हो झूठो से चलो कुमार कमाई कमाई के जी। मेंटन तो नहीं जी। एहन सुना हम कहिया सानी दुख भरल हमर कहानी ले तो तो चली ओम प्रकाश बाबू से, रहे गो रहे रहे से ने पलंग बनवा मिल संस्कार हरदम बाजे ने ने करा ठीक से खाना मिल गा शादी के लड्डू चाहे सब कुछ में ही साสนत रहा कनिया चलीसा ओम प्रकाश ओम प्रकाश सरगी सुंदर फूल सरगी सुंदर खीर भुटो ने जाने छे बात हमर मेहमानै छे चर चर हाथ खाने छे हे तई कोना के गुजर कनिया मिलल अच भूचार हाँ तकदीर टेंशन से शरीर आज हो बात ने के खत्म करा भाई हमरे संगे की तोरो संगे